खा बे पहले पहले खा पहले मुह का खा खा नहीं पा रहा छोटे वाले को खाने नहीं दे रहे अबे यार अरे छोटे वाले खाने दो अरे यार छोटे वाले के नंबर ही नहीं लगने दे रहे हो अब खत्म कहानी